वीडियो स्किप मत करो क्यों तो क्योंकि, क्योंकि आज की भंडारा है गैस तो वीडियो कान तक बने रहिए क्योंकि भंडारा में आप सभी को स्वागत में रिडीम कोड मिलेगा तो कैसे थोड़ा चेंजेस लग रहा होगा क्योंकि मेरा रोज वॉइस चेंजेस थोड़ा बहुत लगता है कैसे तो रिडीम कैसे मिलेगा यही आप बताऊंगा तो आप सभी की इस वीडियो में जो सबसे पहले कॉमेंट करेगा इसे रिडीम कोड मिलेगा रिडीम कोड में कैसे दे दूँगा आप सभी को जो विजेता होगा ये इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना और इंस्टाग्राम पर मैं बता दूँगा कौन विजेता होगा और फॉलो कर लेगा यहाँ पर मैं इसको रिड्यूम कोड दे दूंगा तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आप सभी को स्वागत आज किस न्यू वीडियो में तो वैस जो सबसे पहला कमेंट करेगा इसे मिल जाएगा रिड्यूम तो फटाफट से कॉमेंट कर देना क्योंकि आज किस वीडियो में रिडीम है जो जी अगर हाँ अगर अगले वीडियो में कोई जीत सकता है क्योंकि हम रोज आप रिडीम नेक्स्ट वीडियो में मिल सकता है इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो लो वीडियो को लाइक क्योंकि कोई भी वीडियो पहले जो कमेंट करेगा हैश टैग एप है ब्रो, कुछ भी कमेंट करेगा हैश लगा कर तो इसे रिडीम मिलेगा ही मिलेगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि तब चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन ऑन पर सेट करोगे तभी मिलेगा जल्दी से जल्दी रिडीम कोड वीडियो क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब